व्यक्ति वो नहीं है जिसके पास बहुत सारा धन दौलत है बल्कि बड़ा व्यक्ति वो है जिसके पास बैठने पर छोटे व्यक्ति को छोटा महसूस ना हो एक कब्र पर क्या खूब लिखा था कि किसको क्या इल्जाम दूं? क्योंकि सताने वाले भी अपने थे और दफनाने वाले भी अपने ही थे जिंदगी एक खेल है अब आपको डिसाइड करना है की आपको खेल बनना है या फिर एक खिलाड़ी जब तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरीके से टूट चुके हो तो यकीन रखना कि इस पूरी दुनिया में तुम्हें कोई नहीं हरा सकता यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं अच्छे तो आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने की नजर सिर्फ आपके पास